रीवा के केंद्रीय जेल की चार दीवार पर नशे की खेप फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है सड़क से नशे की शीशियां जेल के अंदर फेंककर कैदियों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है रीवा जिला मुख्यालय की इस जेल में हजारों कैदी सजा काट रहे हैं इन कैदियों को नशे की खेप पहुंचाने का तस्करों ने अनोखा तरीका ईजाद किया है तस्कर जेल के बाहर सड़क से नशे की खेप फेंक जेल की चार दीवार पार करा देते हैं इस खेप को कैदियों तक पहुँचाने का काम सुरक्षा में तैनात परहैदी और लंबादार कर रहे हैं इसका खुलासा एक वायरल वीडियो से हुआ है इस वीडियो में पीटीएस रोड से जेल की 20 फीट दीवार के पार नशे की खेप फेंकते हुए एक तस्कर कैमरे में कैद हुआ है जानकारी के अनुसार कैदियों से मुलाकात के वक्त तय समय अनुसार ये खेप सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे के बाद फेंकी जाती है ताकि पेड़ पौधों में ये छिप जाए और प्रहरी इसे कैदियों तक आसानी से पहुँचा सके जी हाँ अभी मेरे संज्ञान में आया है की जेल के बाहर की बाउंड्री से कोई जेल के अंदर में आ, सामान फेंकते हुए का वीडियो वायरल हुआ हम लोगों के द्वारा ये उसके बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाई जाती है क्योंकि ये दिन का मामला है और दिन के मामले में आम जनता का वो रोड खुला रहता है इस कारण उ, उ, उ, उ, उसमें होती है कई ये काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे जेल के लिए हम लगातार इस पे प्रयास करते रहते हैं कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें जेल के अंदर ना आ पाए